महर में एक बार फिर केजीएस सीमेंट में हादसा हो गया जहां सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की सेलो से नीचे गिरने से मौत हो गई बताया की ऊंचाई लगभग 60 फीट थी मृतक कर्मचारी बिहार का कर रहने वाला है महर की केजीएस सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत से हड़कम मच गया जानकारी के अनुसार मृतक आबिद हुसैन बिहार का रहने वाला था वह फैक्ट्री में सेफ्टी इंचार्ज के पोस्ट में प्लांट में काम कर रहा था साठ फीट ऊंचे सेलों से नीचे गिरने से आबिद की मौत हो गई है वही अब हादसे को लेकर जांच की जा रही है आप देख रहे हैं दखल न्यूज